सुप्रीम कोर्ट ने मोदी का नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया इस पर राजनीतिक बयान देते हुए शिवसेना सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा हम न्यायालय के निर्णय को सम्मान करते हैं लेकिन न्यायाधीश नागरत्ना के टिप्पणी से सहमत हैं नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवसेना प्रमुख नेता संजय राउत ने मोदी का नोटबंदी पर बयान देते हुए कहा प्रकाश आम्बेडकर के बयान से पूरा देश सहमत है हमारी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का बयान भी हमेशा रहा कि नोटबंदी का फायदा क्या है उस वक्त बैंकों के कतार में हजारों लोग मारे गए उसका जिम्मेदार कौन है शिवसेना नेता संजय राउत आगे कहते हैं कि नोटबंदी एक प्रकार का आतंकवादी हमला था जिसे देश में लाया गया दूसरी तरह से या स्पष्ट रूप में कहें तो यह एक आर्थिक आतंकवाद था हजारों लोग मारे गए इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए इस निर्णय से आतंकवादी सक्रियता में नोटबंदी के बाद वृद्धि हुई है काला धन धन भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है मोदी का नोटबंदी पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है जिस पर संजय राउत टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है चार जज कहते हैं यह बहुत ही अच्छा कदम था और यह लीगल था लेकिन हम सहमत हैं न्यायाधीश नागरत्ना के टिप्पणी से जिन्होंने डिसेंट नोट दिया और अपनी बात सामने रखते हुए कहा यह इलीगल है नोटबंदी से कुछ फायदा नहीं हुआ यह एक मनमानी निर्णय था यही लोगों की आवाज है इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम उसको सम्मान करते हैं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद बहुत ही अच्छा कदम था लीगल था लेकिन हम सहमत है जस्टिस नागारत्न जिसने डिसेंट नोट दिया और अपने बात सामने रखी है कि यह इलीगल है उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है और एक प्रकार के ये